यह यानी मोर मोर मोर हमारे कई देवी देवताओं ने को को प्रमुख प्रमुख स्थान स्थान दिया दिया है है और और जिनमें से एक बाबा बालकनाथ जी हैं जिन्होंने शुद्ध पवित्र माना जाता है और हर देवी देवता के मंदिर में इनको प्रमुख स्थान दिया जाता है अगर बात करें भारतीय मोर की नामक पक्षियों की समूह की एक प्रजाति है नर को मोर कहते हैं और जबकि मादा को मोरनी कहा जाता है साथ में वे मोर हैं सामान्य नाम भारतीय मोर वैज्ञानिक नाम पावोक्रिस्टेड प्रकार पक्षियों आहार सर्वहारी समूह का नाम दल आकार शरीर पैंतीस से पचास इंच पूछ 5 फीट वजन 9 से 13 पाउंड तक होता है और इनको जंगल में औसतन 20 साल या इससे अधिक जीते हुए देखा गया है मोर उड़ने वाले सभी पक्षियों में से सबसे बड़े होते हैं शुद्र मुर्गू और ऐसे अन्य कई बड़े पक्षी होते हैं लेकिन वो उड़ नहीं सकते ये बात अलग है कि मोर ज्यादा देर तक उड़ नहीं सकता है एक डाल से दूसरी डाल तक ही जा सकता है मोर की पूछ को ढकने वाले खूबसूरत पंख पाँच फीट तक यानी डेढ़ मीटर लंबे होते हैं पक्षी के शरीर के लंबे और एक शानदार पखे में प्रदर्शित किए जा सकते हैं चमकीले रंगों का ये लंबे पंख वास्तव में पक्षी की पीठ से उगते हैं और ना कि उनकी पूछ से और उनके नीचे से बहुत छोटे पूछ पंखों को ऊपर उठा उन्हें ऊपर उठाता है मोरनी अपने पुरुष समक्षों की तुलना में अधिक निरस होती हैं, ज्यादातर सफेद पेट्स के के के साथ उनकी पीठ पर भूरे रंग की होती है। मादाओं के पास लंबी पंख नहीं होते लेकिन उनके सिर पर एक कलगी और गर्दन के हरे पंख होते हैं भारतीय मोर दक्षिण एशियाई में भारत और श्रीलंका के मूल निवासी है और इन्हें अन्य देशों में भी पेश किया गया आमतौर पर पार्कों और चिड़ियाघरों में और प्रकृति केंद्रों में या घरेलू पालतू जानवरों के रूप में प्रदर्शित किया गया है व्यस्क मोर की सिर और शरीर की लंबाई तीन से चार फीट तक होती है और उनकी पूछ पांच फीट लंबी भी हो सकती है और बता दें कि भारत में भारतीय मोर को राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया है और ये राष्ट्रीय पक्षी कई और देशों ने भी घोषित किया हुआ है